कमांडो के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता कमांडो सूरत की किरण तक नहीं पहुँचती वहाँ पहुँचता है कमांडो जारों के बराबर एक कमांडो होता है लोगों की मौत का कारण बनते हैं जहाँ आप जैसे लोग पूरी फौज लेकर भी जाना नहीं चाहते ऐसे इलाकों को कमांडो छुड़ा के देता है देश को यार के बराबर होता है कमांडो